मैं शुभम जैन आपका स्वागत करता हूँ आलोकन एकेडमी के ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म पे फ्रेंड्स हमने लास्ट हमारे सेशन में जो कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ा मैं आपके उसको क्विक समरी आपको मैं देता हूँ ठीक है जो हमने अभी तक हमारी क्लासेस में पढ़ा कॉस्ट में कॉस्ट अकाउंटिंग में हमने सबसे पहले देखा था कॉस्ट किसी प्रोडक्ट की लागत उसको मैन्युफैक्चर करने में या सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए हम जो भी एक्सपेंडिचर करते हैं वो उस प्रोडक्ट की क्या कहलाती है लागत कॉस्ट में मटेरियल लेबर एंड एक्सपेंसेस तीनों को जब हम ऐड करते हैं ठीक है तो उसकी जो हमें उस प्रोडक्ट की कॉस्ट का पता लगता है फिर उसके बाद हमने पढ़ा जो कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए मेथर्ड्स है जो प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं या जो सर्विस हम प्रोवाइड करवा रहे हैं उसमें जो जो हमने एक्सपेंसेस करे उनको किस तरह कैलकुलेट किया जाए उस कॉस्ट को उसको उसके लिए कॉस्ट अकाउंटिंग में वेरियस टाइप्स ऑफ मेथड्स गिवन है मेथड्स हमने पढ़े थे जॉब कॉस्टिंग है सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग है बैच कॉस्टिंग है प्रोसेस कॉस्टिंग है ठीक है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है ये सब हमने गुड्स से रिलेटेड पढ़े थे फिर हमने सर्विस इंडस्ट्री सेक्टर में हम ऑपरेट कर रहे हैं तो उसमें ऑपरेटिंग कॉस्टिंग हमने देखा था ऐसे कॉस्टिंग के हमने मेथड्स देखे थे और उसके बाद हमने डायरेक्ट कॉस्टिंग मार्जिनल कॉस्टिंग वो थोड़ा समझा था क्या टॉपिक है उसके बाद हमने डिसाइड डिस्कस किया था कि लाइफ साइकिल कॉस्टिंग की कि किसी प्रोडक्ट की एक लाइफ स्पैन में होने वाले जो टोटल एक्सपेंडिचर है उनको जब हम ऐड करते हैं तो उस प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल की पूरी कॉस्ट निकलती है यहां तक हमने बहुत मेथड्स लास्ट क्लासेस में डिस्कस किए उसके बाद हम उनमें से एक मेथड आज जो हमारा चैप्टर शुरू करेंगे सिंगल और आउटपुट सिंगल और आउटपुट कॉस्टिंग सिंगल और आउटपुट कॉस्टिंग जब हम पढ़ते हैं यह एक मेथड है टू कैलकुलेट कॉस्ट मेथड टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड और सर्विस प्रोवाइडेड और सर्विस प्रोवाइडेड आउटपुट कॉस्टिंग में हम एक यूनिट की जो हम प्रोड्यू प्रोड्यूस कर रहे हैं हमारा जो प्रोडक्ट ये एक यूनिट है उसकी कॉस्ट निकालते हैं ठीक है ये सिंगल और आउटपुट जो कॉस्टिंग है वो कब यूज़ आती है जब हमारा प्रोडक्शन कंटीन्यूस बेसिस पे हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में हो रहा है और वो किसी सिंगल यूनिट हमारी जो फैक्ट्री है वो सिर्फ एक सिंगल यूनिट बनाती है और आइडेंटिकल यूनिट्स बनाती है या फिर मिलते जुलते हमारा यूनिट्स प्रोडक्ट की बनाती है यानी जब हम हमारी फैक्ट्री में प्रोडक्शन करते हैं तो एक सिंगल यूनिट और आइडेंटिकल यूनिट्स का हम प्रोडक्शन कर रहे हैं और वो कैसे कर रहे हैं रेगुलर बेसिस में मतलब हमारा मास प्रोडक्शन हो रहा है रेगुलर बेसिस में सिंगल यूनिट का तो उसकी पर यूनिट कॉस्ट हम कैसे डिसाइड करें कॉस्ट में हमने लास्ट लाइक क्लासेस में देखा कि कॉस्ट किसी प्रोडक्ट की जब हम उसका मटेरियल उसमें लगने वाला जो मजदूरी है जो हमने वेजेस दिए है और हमारे जो एक्सपेंसेस हुए हैं उन सबको जब हम टोटल करते हैं तो हमारी उस प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट आती है यहाँ पर जैसा मैंने आपको अभी बताया कि हम जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो कंटिन्यूस बेसिस पे कर रहे हैं मास प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हमने लाखों यूनिट्स एक, एक बार में हमारी प्रोडक्शन बनती है लगातार प्रोडक्शन चलता रहता है अब जो हमने हमारा प्रोडक्ट बनाया उस प्रोडक्ट को हम मार्केट में सेल करेंगे तो हमें सेल करने के लिए कॉस्ट प्लस उसमें हम हमारा प्रॉफिट मार्कअप एड करते हैं तो कॉस्ट को निकालने के लिए कि हमें ये पता लगे कि हम सपोज पेंसिल बना रहे हैं तो उस पेंसिल की प्रोडक्शन तो बहुत सारा नंबर ऑफ यूनिट्स का मास प्रोडक्शन हो रहा है और लगातार हो रहा है पर हमें उस पेंसिल की सिंगल यूनिट के कॉस्ट को आइडेंटिफाई करना है तभी हम डिसाइड कर सकेंगे कि उसमें एक पेंसिल को बनाने के लिए हमारी फैक्ट्री में क्या लागत आई क्या खर्चे हमने उस पर करे तो सिंगल यूनिट को बनाने के लिए कॉस्ट हम डिसाइड करेंगे तो वो किस यूनिट में हम पढ़ते हैं सिंगल और आउटपुट कॉस्टिंग में ये हमारा सिलेबस में एक टॉपिक है सिंगल और आउटपुट कॉस्टिंग यह आउट तो यहां तक आपको क्लियर होगा इसमें हम उस प्रोडक्ट की एक कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालते हैं जो भी हमने टोटल कॉस्ट इनकट करी और टोटल कॉस्ट जो हमने इनकट करी और टोटल क्वांटिटी हमने कितनी प्रोड्यूस करी तो देखिए हमने वन लैख पेंसिल हमारे एग्जांपल में बनाई तो उसको बनाने के लिए हमने जो खर्चा किया वो टोटल कॉस्ट यहाँ पर आ जाएगी उसको हम वन लैख जो यूनिट्स है हमारे एग्जाम्पल में तो उससे हम उसको डिवाइड कराएंगे तो क्या निकलेगी एक पेंसिल को बनाने की कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट ये हम इस चैप्टर में हम ये चीज़ कैसे डिस्कस करेंगे कि टोटल कॉस्ट कैसे निकाली जाए तो सिंगल यूनिट में हमने क्या पढ़ा टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो टोटल कॉस्ट है वो, वो क्या आएगी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किसी भी यूनिट को हम प्रोडक्ट को बनाते हैं उसको बनाने के लिए उसकी हमारी कंपनी में हमें कितनी टोटल कॉस्ट बियर करनी पड़ रही है ठीक है इसमें हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे उस प्रोडक्ट पे होने वाले डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब कितना डायरेक्ट मटेरियल लगा कितनी डायरेक्ट लेबर लगी और कितना डायरेक्ट एक्सपेंसेस लगा ये इन सब के टोटल क्या कहलाती है प्राइम कॉस्ट प्राइम कॉस्ट में जब हम फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड करेंगे प्राइम कॉस्ट हमने पहले मटेरियल लगा प्राइम कॉस्ट में हमने मटेरियल लगाया डायरेक्ट वेजेस लगाई और डायरेक्ट एक्सपेंसिस किया तो उससे क्या मिलेगी प्राइम कॉस्ट फिर उसमें हम फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करेंगे तो उससे आएगी हमारे पास फैक्ट्री कॉस्ट फैक्ट्री में होने वाले जो हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस किए हैं वो कहाँ पर आ जाएगी हमारे फैक्ट्री ओवरहेड में और उससे हमें प्राइम कॉस्ट मिलेगी तो फैक्ट्री कॉस्ट को सॉरी फैक्ट्री कॉस्ट मिलेगी तो प्राइम कॉस्ट और उसमें क्या जोड़ेंगे हम फैक्ट्री कास्ट उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस हम जोड़ेंगे फैक्ट्री ओवरहेड में मतलब जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हमने ऑफिस में किए हैं एडमिनिस्ट्रेशन में ओवर जो हैड है उनको जोड़ने के बाद जो ऑफिस कॉस्ट आती है वो हम जोड़ेंगे हमारी फैक्ट्री कॉस्ट में मतलब पहले हमने लिया प्राइम कॉस्ट फिर उसमें जोड़ी फैक्ट्री कास्ट फिर उसमें जुड़ी ऑफिस कास्ट ठीक है फिर उसमें हम जोड़ेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारा प्रोडक्ट बनके तैयार हो गया अब उस प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करने के लिए मार्केट कस्टमर्स तक पहुंचाने के लिए डीलर्स तक पहुंचाने के लिए जो हम सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस करते हैं इनडायरेक्ट नेचर के उनको जोड़ने के बाद जो कॉस्ट ऑफ़ सेल आती है इन सबसे मिलकर क्या बना है कॉस्ट ऑफ़ प्रोडक्शन ठीक है ये सब हम डिटेल में एक एक टर्म को अभी डिस्कस करेंगे यहाँ तक क्लियर है तो सिंगल और आउटपुट कॉस्टिंग में हमने देखा कॉस्ट पर यूनिट हमें निकालनी है फिर उसके बाद टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमको निकालना है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के लिए हमको प्राइम कॉस्ट चाहिए फैक्ट्री कॉस्ट चाहिए ऑफिस कॉस्ट चाहिए और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जोड़ने के बाद जो कॉस्ट ऑफ सेल चाहिए वो चाहिए उन सबको जोड़ते हैं तो हमारी कॉस्ट ऑफ़ प्रोडक्शन आती है उसमें हम नंबर ऑफ़ यूनिट्स हमने जो प्रोड्यूस की है वो नंबर ऑफ़ यूनिट्स प्रोड्यूस जो किए हैं उसका हम जब डिवाइड करेंगे उसको तो हमें कॉस्ट पर यूनिट निकल के हमारे पास आएगी उसमें हमको प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके सेलिंग प्राइस डिसाइड हम करेंगे तो कॉस्ट जो आउटपुट है इसमें हम पढ़ेंगे कॉस्ट शीट इस चैप्टर में या इसको ये भी बोल सकते हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट इसमें जो हम प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं उसमें जो स्टेज बाई स्टेज स्टेज बाई स्टेज जैसे सबसे पहले मटेरियल लगता है लेबर लगती है एक्सपेंसेस लगते हैं फिर प्राइम कॉस्ट आती है फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लगते हैं ठीक है वो सब जोड़ने के बाद टोटल कॉस्ट आती है तो इनको डिस्क्राइब स्टेज बाई स्टेज हम किस करते हैं जो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट है या फिर उसको बोलते हैं कॉस्ट सीट तो कॉस्ट सीट हमें क्या बताता है डिस्क्राइब वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट एट वेरियस स्टेजेस जो हमारे एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट है कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट है उनको यह डिस्क्राइब करता है हमारा कॉस्ट शीट या फिर इसको स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट भी बोलते हैं एट वेरियस स्टेजेस मतलब प्रोडक्शन प्राइम जो लग रहा है डायरेक्ट मटेरियल लग रहा है डायरेक्ट एक्सपेंसेस लग रहे हैं है, लेबर हो रहे हैं उसके बाद जो प्रोडक्शन ओवर लग रहे हैं उसके बाद क्या आएगा फिर उसके बाद ऑफिस ओवर लग रहे हैं उसके बाद तो ये स्टेप वाइज स्टेप जो स्टेजेस है उसको किस चीज में डिसाइड करते हैं कॉस्ट सीट में तो जो सिंगल और आउटपुट कॉस्टिंग है वो किन इंडस्ट्री में यूज होती है अभी जैसे मैंने आपको बताया जहां पर मास प्रोडक्शन होता है आइडेंटिकल यूनिट्स का कंटिन्यूस बेसिस पे जैसे सीमेंट इंडस्ट्री हम लोग सीमेंट मेकिंग कंपनी है तो सीमेंट हमारे सीमेंट के हम बैग्स बनाते हैं तो वो नंबर ऑफ़ नंबर ऑफ़ बैग्स हम ला कंटीन्यूस बेसिस पे बनाते हैं तो एक सीमेंट के बैग की कीमत हमको कैसे पता लगेगी सिंगल और आउटपुट कॉस्टिंग में के सीमेंट इंडस्ट्री हुआ शुगर इंडस्ट्री हुआ ठीक है ये सब जो इंडस्ट्री हैं जहां पर हम लगातार बेसिस में मास प्रोडक्शन कर रहे हैं तो ठीक है माइनिंग इंडस्ट्री हुआ एक ही तरह का प्रोडक्ट कंटिन्यूस बेसिस में लार्ज बेसिस में लगा रहे हैं तो वहां पर सिंगल कॉस्टिंग अडॉप्ट की जाती है कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए ये मेथड यूज किया जाता है ठीक है तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं इस मेथड को हम कहाँ यूज करेंगे हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वहाँ जो प्रोडक्शन है कंटिन्यूस बेसिस पे हो रहा है हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो सिंगल और आइडेंटिकल प्रोडक्ट बना रहे हैं जो भी प्रोडक्ट है वो वहाँ कंटिन्यूस बेसिस पे हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में हो रहा है ठीक है उसका मास प्रोडक्शन हो रहा है नम लाखों यूनिट एक साथ बनती है उसको क्या कहते हैं मास प्रोडक्शन उस केस में हम लोग क्या पढ़ेंगे सिंगल और आउटपुट कॉस्टिंग में हम दो तरह की अप्रोच फॉलो करते हैं जो मेथड है सिंगल कॉस्टिंग में यूनिट कॉस्टिंग में एक तो कॉस्ट शीट है मेथड एक है प्रोडक्शन स्टेटमेंट और प्रोडक्शन अकाउंट एक तो कॉस्ट शीट बना के जिसको अभी मैंने बताया स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट भी बोलते हैं या फिर प्रोडक्शन अकाउंट बना के हम लोग क्या निकालते हैं हमारी कॉस्ट पर यूनिट इन ये दोनों से हमेशा कॉस्ट सेम आएगी पर इन दोनों में दोनों मेथड में सिर्फ एक डिफरेंस है कॉस्ट शीट में हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कंसिडर करते हैं जो हमारी टोटल कॉस्ट है जो कॉस्ट ऑफ सेल तक आती है कॉस्ट शीट पर हम उसको कंसीडर करते हैं प्रोडक्शन प्रोडक्शन अकाउंट जो हम बनाते हैं उसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस हम इसमें जो उस प्रोडक्ट को बेचने से हमारे प्रॉफिट और लॉस हुआ है एंड सेल वैल्यू जो है इसको भी कंसीडर करेंगे जब हम प्रोडक्शन अकाउंट के थ्रू कॉस्ट अकाउंटिंग में सिंगल यूनिट की कॉस्ट निकालेंगे तो इन ये दोनों एकदम सेम मेथड है बस इनमें डिफरेंस है ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ सेल जो बोलते हैं अपन टोटल प्रोडक्ट को बनाने की जो लागत है कॉस्ट शीट में सिर्फ वो कंसीडर किया जाता है और प्रोडक्शन अकाउंट में हम प्रॉफिट एंड सेल और सेल वैल्यू को भी कंसिडर करते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के साथ तो ये दोनों ये दोनों क्या है अप्रोच कॉस्टिंग में दो अप्रोच है हम कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए सिंगल यूनिट के मेथड में अब इसके हमें बेनिफिट क्या है बेनिफिट सिंगल यूनिट कॉस्टिंग में इसमें हमको सबसे पहले हमने जैसे अभी पढ़ा एज ऑफ कॉस्ट एंड कॉस्ट पर यूनिट जो हमारा प्रोडक्शन हो रहा है उसकी जो टोटल कॉस्ट है और उस और कॉस्ट पर यूनिट इसका हम पता लगाएंगे किससे कॉस्ट सिंगल कॉस्टिंग मेथड में इसको जो कॉस्ट निकली उसमें हमारा फिर कंपैरिजन कंपेरिजन विथ पास्ट डेटा जो हमने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट निकाली निकाली उसको जो पास्ट डेटा है पिछले साल का आप ले लो तो हमारे पास जो डेटा है उससे हम कम्पेयर करेंगे कि, कि किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए लास्ट ईयर हमारी क्या कॉस्ट पड़ रही थी एक यूनिट को बनाने के लिए और इस बार क्या बन रही है जब हम वो सेम यूनिट के लिए बात कर रहे हैं ठीक है तो इसका ये बेनिफिट है और ये हेल्प किस में करता है हमारे मैनेजर्स है हमारे जो फर ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर्स है उनको डिसीजन मेकिंग में यह हेल्प करता है कि हमारी कि उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमारे क्या कॉस्ट आ रही है उसको फिर हमने कॉस्ट शीट में जो डेटा है पास डेटा उससे कंपेयर किया फिर हम डिसीजन लेते हैं कि उस कॉस्ट को कैसे कंट्रोल किया जाए या कॉस्ट को कैसे रिड्यूस किया जाए या कॉस्ट शीट में कितना प्रॉफिट हम ऐड करें ताकि हमारी न्यू सेल प्राइस आए जो करेंटली हमको प्रोडक्ट जो बना रहे हैं उसको हम कितने सेल पे बेचें तो ये सब हम कॉस्ट शीट में पढ़ते हैं आई होप यहाँ तक हमें सब क्लियर होगा हम वापस अब इन सब चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे हम हमने हमारे इंट्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ा था कंपोनेंट्स ऑफ जो कॉस्ट होते हैं एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट वो क्या होते हैं एक प्रोडक्ट में मटेरियल लगता है उसको बनाने के लिए जो मजदूरी हमने दी है लेबर लगता है एंड एंड एक्सपेंसेस लगते हैं इन तीनों को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे उस उस प्रोडक्ट की कॉस्ट आती है ठीक है तो कंपोनेंट्स ऑफ ये कॉस्ट हो गया सबसे पहले उसमें हमने देखा था प्राइम कॉस्ट प्राइम कॉस्ट को डायरेक्ट कॉस्ट भी कहा जाता है अब हम कॉस्ट शीट में जो जो एक एक टर्म यूज की जाती है उसको पढ़ रहे हैं प्राइम कॉस्ट को क्या बोलते हैं आप डायरेक्ट कॉस्ट भी कहा जाता है यानी कोई भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो डायरेक्ट मटेरियल लग रहा है डायरेक्ट मटेरियल जो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए लग रहा है प्लस डायरेक्ट लेबर लग रही है जो हम मजदूरी दे रहे हैं उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमारे वर्कर्स को और जो हम डायरेक्ट एक्सपेंडिचर कर रहे हैं ये मैंने आपको लास्ट क्लासेस में अपन ने डिस्कस किया था डायरेक्ट क्या होता है हमारे कॉस्टिंग में डायरेक्ट वर्ड है जो उस प्रोडक्ट से हम डायरेक्टली रिलेट कर सके वो आइडेंटिफिएबल है उस प्रोडक्ट को देख के हम पता लगा सके कि उस प्रोडक्ट में क्या खर्चे लगे हैं क्या मटेरियल लगाए वो सब किस कैटेगरी में आते हैं डायरेक्ट कैटेगरी में तो डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम जब कॉस्ट शीट में ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलती है डायरेक्ट कॉस्ट या इस उसको उस प्रोडक्ट की प्राइम कॉस्ट भी कहा जाता है ये सबसे बेसिक कॉस्ट होती है जो सबसे फर्स्ट हम प्रोडक्ट में लगाते हैं तो इसको बेसिक कॉस्ट भी हम के नाम से भी जाना जाता है नेक्स्ट है, इसके बाद फैक्ट्री कॉस्ट स्ट हमने क्या पढ़ा प्राइम कॉस्ट फैक्ट्री कॉस्ट फैक्ट्री कॉस्ट यानी इसको हम बोलते हैं वर्क्स, वर्क्स कॉस्ट उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो हमारी कॉस्ट आ रही है वो क्या कहलाती है फैक्ट्री में जो हमने एक्सपेंडिचर किया है इनडायरेक्ट डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो हमारे आगे गए किसमें डायरेक्ट लेबर और एक्सपेंसेस डायरेक्ट मटेरियल में जो इनडायरेक्ट ओवरहेड किया है जो हम उस प्रोडक्ट को देख के उस उन खर्चों का अनुमान नहीं लगा सकते ठीक है तो वो किस में आता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसिस सपोज़ आपने फैक्ट्री का रेंट दिया तो आपने कितना रेंट दिया फैक्ट्री का वो उस प्रोडक्ट को देख के आप पता नहीं लगा पा रहे हैं ठीक है या फिर कितनी इलेक्ट्रिसिटी पावर है उसमें कंज्यूम हुआ आपके प्रोडक्शन प्रोसेस में तो आप ये अपने जो प्रोडक्ट है उसको देख के पता नहीं लग सकते वो इजीली आइडेंटिफिएबल नहीं है वो जो खर्चे हैं इनडायरेक्ट नेचर के उनको कहाँ कंसीडर किया जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट में जो फैक्ट्री से रिलेटेड है जो भी हमने प्रोडक्शन किया है तो फैक्ट्री कॉस्ट में एक तो हम लेंगे प्राइम कॉस्ट जो हमने ऊपर अभी देखी फिर उसमें जोड़ेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इनकर्ड इन फैक्ट्री इनको फैक्ट्री और वर्क्स ओवरहेड हेड भी कह, कहा जाता है उससे क्या आएगी हमारी फैक्ट्री कॉस्ट और टेक्निकली इसको हम कह सकते हैं वर्क्स कॉस्ट प्राइम कॉस्ट तो क्या हुई प्राइम कॉस्ट क्या हुई डायरेक्ट कॉस्ट रिलेटेड टू प्रोडक्शन ठीक है जो कॉस्ट डायरेक्टली रिलेटेड है हम हमारे प्रोडक्शन से वो किसमें कंसीडर करेंगे है? हम प्राइम कॉस्ट में और यहां पर कौन सी कॉस्ट लेंगे फैक्ट्री कॉस्ट का मतलब इनडायरेक्ट कॉस्ट रिलेटेड टू फैक्ट्री फैक्ट्री कॉस्ट में हम क्या लेंगे इनडायरेक्ट कॉस्ट रिलेटेड टू फैक्ट्री नेक्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे हमारी कॉस्ट शीट में अगला जो टर्म यूज़ करें करेंगे हम कॉस्टशीट में हमने पहले पढ़ा प्राइम कॉस्ट नेक्स्ट हमने पढ़ा फैक्ट्री कॉस्ट उस फैक्ट्री ओवरहेड के बाद जो एक्सपेंसेस हमने ऑफिस में करे ऑफिस में जो एक्सपेंसेस करे हैं हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है फैक्ट्री में जो खर्चे करे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो तो आ गए फैक्ट्री ओवरहेड में उनको प्राइम कॉस्ट में ऐड किया तो हमें मिली फैक्ट्री कॉस्ट उसके बाद ऑफ़िस में जो हमने मैनेजर से मैनेजर को जो ऑफिस में उनको सैलरी दी ऑफिस का रेंट दिया ऑफिस में इलेक्ट्रिसिटी दी वाटर बिल पे किया तो वो जो खर्चे हैं जो ऑफिस से रिलेटेड है यानी अपने बिजनेस को एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड करती एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड खर्चे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज रिलेटेड टू ऑफिस ये किस में हम ये किस में आएंगे ऑफिस कास्ट में एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट में इसको हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बोलेंगे कब बोलेंगे जब फैक्ट्री कॉस्ट हमने ली जो भी हमने ऊपर पढ़ा प्राइम कॉस्ट उसके बाद फैक्ट्री ओवर ऐड करने के बाद क्या हमें मिलता है फैक्ट्री कास्ट फैक्ट्री कॉस्ट को ऐड करने के बाद हम जो उसमें ऑफिस के एक्सपेंडिचर करेंगे मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो हम करेंगे ऑफिस में एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड तो हमें क्या मिलेगी एडमिनिस्ट्रेशन ऑब्लिक ऑफिस कॉस्ट या फिर हम इसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बोल सकते हैं जब हम प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री कॉस्ट प्लस एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट ये एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड हेड जोड़ के जो कॉस्ट आती है हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जब हम एडजस्टमेंट करेंगे हमारे जो फिनिश्ड गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक है और ओपनिंग स्टॉक है वो टर्म हम अभी कॉस्ट शीट जब डिस्कस करेंगे हमारे आगे आने वाले टाइम में तब हम और डिस्कस करेंगे तो उससे हमें निकलेगी कॉस्ट ऑफ़ गुड्स सोल्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो निकलेगी जो भी हम माल हमने बेचा उस माल को बेचने तक जो हमारी कॉस्ट लगी उस माल को बेच जो हमने माल बेचा उसको बनाने तक जो हमारी कॉस्ट लगी है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगी तो कॉस्ट ऑफ़ गुड्स सोल्ड में जब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवर ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवर मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंसिस रिलेटेड टू प्रोडक्शन सॉरी प्रमोशन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटीज़ मतलब एक एक आप बॉटल बना रहे वाटर बॉटल आपकी मिनरल वाटर कंपनी है बनाने की अब उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपने जो जो मटेरियल यूज़ करा वो आएगा डायरेक्ट मटेरियल में है ना जैसे बॉटल हुआ बॉटल का उसका कैप हुआ वाटर हुआ केमिकल्स उसमें हुए फिर उसको बनाने में जो मजदूरी थी वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा ठीक है और डायरेक्ट लेबर में सॉरी फिर जो खर्चे किए वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएंगे तो ये प्राइम कॉस्ट आई फिर आपने उस बॉटल को बनाने के लिए जो आपकी फैक्ट्री है वहाँ का जो जो फैक्ट्री ओवर हेड वो उनको ऐड करेंगे तो फैक्ट्री कॉस्ट आएगी फिर आपका जो ऑफिस है एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिविटी जहाँ होती है उससे रिलेटेड खर्चों को ऐड करेंगे तो आप एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट आएगी ठीक है ये प्रोडक्ट आपका बनके तैयार हुआ अब आपको जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया उसमें फिनिश गुड्स का एडजस्टमेंट होगा तो कॉस्ट ऑफ़ गुड्स सोल्ड आएगी फिर उस वो प्रोडक्ट तो आपको बनके तैयार हो गया जो मिनरल वाटर आप बोतल बना रहे हैं उस वाटर बोतल का वो बोतल तो आपकी तैयार हो गई अब आप उसको आपको बेचना है मार्केट में आपको ऐड करना है उसको सेल्समैन को सेल्स कमीशन देना है ठीक है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा है वो सब किस में पड़ते हैं हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवर में जब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में ये पार्ट हम ऐड करते हैं तो हमें उस प्रोडक्ट की कॉस्ट ऑफ सेल्स पता लगती है या फिर इसको क्या कह सकते हैं हम टोटल कॉस्ट हमारी इस मिनरल वाटर की जो हमने बोतल बनाई उसमें सारे खर्चे ऐड कर दिए तो हम हमें क्या मिलती है कॉस्ट ऑफ सेल्स उस प्रोडक्ट को मार्केट में बेचने की लागत ठीक है जहाँ पर सारे खर्चे ऐड हो रखे हैं तो ये सब चीज़ें हम कॉस्ट शीट में जो जो टर्म है वो हम डिस्कस करेंगे तो वो मैंने आपको डिटेल में समझाया शीट के जो मेन हेडिंग है वो हमने यहाँ कंप्लीट करी अब उस शीट में हम जो मटेरियल है वो हमारा मटेरियल जो यूज़ होता है हमारे प्रोडक्शन में वो तीन तरह का होता है रॉ मटेरियल Raw material, work in progress और finished goods। जो भी हम कोई एक product को उसके existence में लाते हैं वो जब ready to sell होता है तो उसमें लगने वाला जितने भी तरह के मटीरियल है उसको तीन कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं एक तो रॉ मटीरियल एक वर्क इन प्रोग्रेस और एक फिनिस्ड गुड्स स्टूडेंट्स रॉ मटीरियल में हम जब जो कच्चा माल है रो मटेरियल क्या होता है कच्चा माल तो जब हम उसको रॉ फॉर्म में हम हमारे प्रोडक्शन यूनिट है वहाँ परचेज करते हैं तो वो क्या कहलाता है रॉ मटेरियल यानी ये क्या हो गया कच्चा माल जो गुड्स है वो रॉ फॉर्म में है अभी उसमें और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी होगी जो वर्क इन प्रोग्रेस है वो कच्चा पक्का माल है ना तो वो कच्चा है और ना वो पक्का है मतलब इसमें कुछ एक्टिविटीज़ और होगी जब वो फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट होगा मतलब रॉ मटेरियल में हमने कुछ एक्टिविटीज़ करी ठीक है कुछ लेबर लगाई एक्सपेंस किए वो आधी प्रोसेस में मतलब उसमें और एक्टिविटीज़ होनी होगी वो कच्चा पक्का माल है उसमें और हम जब एक्टिविटीज़ करेंगे तब वो हमें क्या कह तब वो गुड्स क्या कहलाएगा हमारा मटेरियल फिनिश्ड गुड्स कहलाएगा यहाँ तक क्लियर है सबसे पहले हमने माल खरीदा जो रॉ फॉर्म में है हमारे प्रोडक्ट को बनाने के लिए उस जब वो पूरा माल बनके के अभी तैयार नहीं हुआ वो फैक्ट्री में इन प्रोसेस में है तो वो क्या लगेगा वर्क इन प्रोग्रेस उसको जब वो रेडी टू सेल हो जाएगा ठीक है यहाँ पर नॉट रेडी टू सेल है अभी तक और फिनिश्ड गुड्स के केस में हम क्या बोलेंगे वो बिकने योग्य जब बनेगा वो किस कैटेगरी में आता है फिनिश्ड गुड्स में तो कॉस्टशीट जो हम एक हमारे आज हम टॉपिक में पढ़ रहे हैं सिंगल यूनिट कॉस्टिंग में जो एक अप्रोच है कॉस्ट निकालने की उस कॉस्ट शीट में हम लोग हमेशा क्या कंसीडर करेंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हमारा जो प्रोडक्ट है उसको बनाने के लिए जो हम रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं कच्चा माल वो हमने कितना कंज्यूम किया कितना यूज़ कर लिया है वो हम हमारे कॉस्ट शीट में डायरेक्ट मटी जो प्राइम कॉस्ट हम कैलकुलेट करते हैं उसमें रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड लिया जाता है तो रॉ मटीरियल कंज्यूम कैसे निकालते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटीरियल जो हम हम हमारे प्रोडक्शन में जो हमारा पीरियड है प्रोडक्शन का उसमें जो पहले से हमने माल खरीद रखा है उसका जो ओपनिंग स्टॉक बचा है लास्ट हमारा जो अकाउंटिंग पीरियड हम कॉस्टिंग का ले रहे हैं उस पीरियड में जो ऊपर आ रहा है लास्ट क्वार्टर का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो इस पीरियड का क्या होगा ओपनिंग स्टॉक तो हमारे हमारी बुक्स ऑफ कॉस्टिंग में ओपनिंग स्टॉक जो रॉ मटेरियल का है उसमें हम ऐड करेंगे परचेज परचेज ड्यूरिंग द पीरियड मतलब जो रॉ मटीरियल हमने परचेज किया है रॉ मटेरियल जो परचेज़ किया है वो ओपनिंग स्टॉक में जब ऐड करेंगे ठीक है इतना माल हमारे पास पहले से पड़ा था रॉ मटेरियल का इतना हमने और हमारा जो पीरियड है जिसकी पीरियड के लिए हम कॉश शीट बना रहे हैं उस पीरियड में जो हमने परचेज़ करा है इस हम, इनको जब जोड़ा जाएगा इतना गुड्स हमारे पास रॉ मटेरियल का अवेलेबल है इसमें से जब हम रॉ मटेरियल जो क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है मतलब जिस पीरियड के लिए हम कॉशीट बना रहे हैं उस पीरियड के अंतिम दिन जो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है उसको हम उसमें से लेस करेंगे ये लेस करेंगे अमाउंट तो क्या आएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हमारे शीट में प्रोडक्शन को करने के लिए जो माल यूज किया है हमने एक्चुअली वो कहलाता है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इस अमाउंट को हम लोग कॉस्ट शीट में प्राइम कॉस्ट में कंसीडर करते हैं नेक्स्ट हमने रॉ मटेरियल के बाद पढ़ा था वर्क इन वर्क इन प्रोग्रेस यानी हमारा कच्चा पक्का माल जो जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में अभी पूरा कंप्लीटली मैन्युफैक्चर्ड नहीं हुआ है WIP क्या कहलाएगा नॉट येट मैन्युफैक्चर कंप्लीटली मतलब मतलब वो फिनिश्ड कुछ बनने के लिए अभी उसमें कुछ और वर्क करना पड़ेगा मतलब हम इसमें कुछ थोड़ा और हमें काम करना पड़ेगा एक्सपेंस करने पड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा फिनिश्ड गुड्स वर्क इन प्रोग्रेस में कुछ और काम करना पड़ेगा ताकि वो उसको हम पक्का माल में कन्वर्ट कर सकें वो कत, वो माल हमारा कंप्लीटली पक्का नहीं है जैसे अभी आपने डिस्कस किया तो उसको हम सेल नहीं कर सकते वो सेलेबल नहीं है मार्केट में अभी इस कंडीशन में तो वो वैसा गुड्स किस कैटेगरी में हम पड़ेंगे वर्क इन प्रोग्रेस में अब उसको हमें कॉस्ट अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करने के लिए एक जो वैल्यू हम निकालेंगे जो WIP की वैल्यू हम निकालेंगे वो प्राइम कॉस्ट पे निकाल सकते हैं वो क्वेश्चन में हमें गिवन रहता है है ना फैक्ट्री कॉस्ट पे निकाल सकते हैं पर फैक्ट्री कॉस्ट में निकालना ज़्यादा ज़्यादा रिलायबल है क्योंकि प्राइम कॉस्ट के बाद कुछ ऐसे भी खर्चे करे जाते हैं जो उस माल में फैक्ट्री ओवर जो हम कहेंगे वो उस माल में एड हुए हुए होते हैं ठीक है तो ये जो तो बेसिस है वो वैसे तो क्वेश्चन में गीवन रहता है कि पर ये डायरेक्ट लेबर का इतना परसेंट हमें फैक्ट्री ओवरहेड लेना है वर्क इन प्रोग्रेस तो इसकी वैल्यू जो हम करेंगे वो किस में करेंगे फैक्ट्री कॉस्ट बेसिस पे या फिर जैसा क्वेश्चन में गिवन होगा या आपने समझा जो डब्ल्यू है हमारा माल उसकी उसका वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा या तो क्वेश्चन में गिवन रहता है ठीक है या फिर प्राइम कॉस्ट बेसिस पे कर सकते हैं फैक्ट्री कॉस्ट बेसिस पे कर सकते हैं ठीक है पर फैक्ट्री कॉस्ट बेसिस में करना ज़्यादा बेनिफिशियल क्यों है क्योंकि प्राइम कॉस्ट के बाद कुछ एक्सपेंसेस और उसमें जुड़े हुए हैं फैक्ट्री ओवरहेड के तो हम ज़्यादा रिलायबल क्या माना जाता है फैक्ट्री कॉस्ट बेसिस पे उसका रिकॉर्ड करें तो हम हमारी कॉस्ट शीट में ये सब हम कॉस्ट शीट के एक एक पॉइंट को डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं तो जब हम कॉस्ट शीट का जो परफॉर्मर पढ़ेंगे तो उसमें आपको इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा आपके लिए समझना बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा क्योंकि हम उस एक, एक टर्म को पहले से डिस्कस कर रहे हैं फिर वो बस उतारना होगा और आप उसको खुद अच्छे से अपने आप रिलेट कर सकेंगे तो ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट जो होता है उसको हम क्या बोलेंगे जो हमारा प्राइम कॉस्ट है प्लस फैक्ट्री ओवरहेड ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट क्या हुआ प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड अब इसमें हम जब एडजस्टमेंट करेंगे हमारे डब्ल्यू का तो वो क्या कहलाएगा जो ओपनिंग में डब्लू है तब हमें नेट फैक्ट्री कॉस्ट मिलेगी जो फाइनल कॉस्ट है फैक्ट्री की जो हमें ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट जो हमारी है जैसे हमने रॉ मटीरियल रॉ मटीरियल कंज्यूम्ड में पढ़ा था सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक लिया था फिर हमने ड्यूरिंग द पीरियड जिस पीरियड के लिए हम कॉस्ट शीट बना रहे हैं उस रेलेवेंट पीरियड में जो परचेजेस करी उसको ऐड किया और जो क्लोजिंग स्टॉक है लेस किया ठीक है तो उससे हमें रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड मिला तो ये हम तो हमने रॉ मटेरियल का ट्रीटमेंट पढ़ा नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं फैक्ट्री कॉस्ट का ट्रीटमेंट फैक्ट्री कॉस्ट में सबसे पहले ग्रॉस फैक्ट्री कास्ट निकाली अब ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट में भी डब्ल्यू की जो ओपनिंग और क्लोजिंग डब्ल्यू आई जो हमारे पास स्टॉक पड़ा है उसको क्या करेंगे एड लेस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी फैक्ट्री कॉस्ट मतलब ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट में ओपनिंग बैलेंस ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस को एड करेंगे और फिर क्या लेस करेंगे हम क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस के बैलेंस को लेस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा फैक्ट्री फैक्ट्री कॉस्ट मतलब डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड किया मटेरियल कौन सा वाला रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड का जो अमाउंट हमने निकाला तो हमें मिली प्राइम कॉस्ट उसमें इनडायरेक्ट ओवरहेड रिलेटेड टू फैक्ट्री मी विच मींस फैक्ट्री ओवरहेड उसको ऐड किया तो हमें मिलेगी फैक्ट्री कॉस्ट ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट उसमें हमने वर्क इन प्रोग्रेस जो माल हमारा कच्चा पक्का माल है उसका जो ओपनिंग बैलेंस है उसको ऐड करेंगे और क्लोजिंग डब्ल्यू जो अभी भी प्रोडक्शन प्रोसेस में पड़ा है उसको लेस करेंगे तो हमें क्या मिलेगी फैक्ट्री कॉस्ट आई होप यहां तक क्लियर होगा नेक्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे ट्रीटमेंट ऑफ फिनिश्ड गुड्स अभी हमने देखा रॉ मटीरियल का ट्रीटमेंट ठीक है उसके बाद हमने देखा WIP का पी का हमारी कॉस्ट शीट में क्या होगा थर्ड मटीरियल की कैटेगरी आपको बताई फिनिस्ड गुड्स तो फिनिस्ड गुड्स जो है मतलब जो माल रेडी टू सेल है जो फाइनल प्रोडक्ट है हमारा मतलब उसमें आप कोई उसको बनाने के लिए सारी प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है अब आगे फर्दर कोई प्रोसेस नहीं करनी है तो वो हमारा कहलाता है फिनिश्ड गुड्स तो फिनिश्ड गुड्स का जो कॉस्ट शीट में है ट्रीटमेंट तो उसमें हम लेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और जैसे रॉ मटीरियल का हमने बैलेंस ओपनिंग और क्लोजिंग का ट्रीटमेंट किया डब्ल्यू के बैलेंस का ओपनिंग और क्लोजिंग का ट्रीटमेंट किया वैसे हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में भी ओपनिंग स्टॉक ऑफ ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स मतलब जो हमारा अकाउंट कॉस्टिंग का पीरियड है जिस पीरियड के लिए हम स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट वालो प्रोडक्शन अकाउंट है कॉस्ट शीट बना रहे हैं उस स्टेटमेंट में उस अकाउंटिंग पीरियड के स्टार्टिंग में ओपनिंग बैलेंस फिनिश्ड गुड्स का हमारे पास कितना है उसको हम ऐड करेंगे और उसमें से हम क्या लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिस्ड गुड्स ये तो हमारे cost, जो पीरियड है उसका ओपनिंग स्टॉक हो गया और ये जो पीरियड है जो सेलिंग सेल्स जो यूनिट हमने नहीं की है जो हमारे फैक्ट्री में बनके तैयार पड़ी है उसका क्लोजिंग बैलेंस आप लेस करेंगे तो हमारे क्या उस उससे हमारी क्या आएगी फै इसकी प्रोडक्शन की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अमाउंट आ जाएगा यहाँ पर जो कॉस्ट ऑफ़ गुड सोल्ड निकाला यह है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हमको क्या जोड़ना है फिनिश गुड्स ओपनिंग बैलेंस लेस क्लोजिंग बैलेंस तो हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो हमने माल बेचा है उसकी लागत हमें मिलेगी तो यहां तक आई हो सब क्लियर होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तक इसके बाद कॉस्ट शीट में ये फाइनल कॉस्ट होती है जो हमने माल बेचा उसकी कॉस्ट जो हमने माल बेचा उसकी कॉस्ट ये टोटल कॉस्ट आ गई उस प्रोडक्ट को बनाने की टोटल कॉस्ट आ गई इसमें हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो माल बेचा उसकी लागत ठीक है उसमें जब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड करेंगे तो क्या आएगी हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड किया तो क्या आ गई कॉस्ट ऑफ सेल फिर हमारी जब कॉस्ट ऑफ़ सेल ये हमारी कॉस्ट शीट बनके तैयार हो गई उसमें एक एक टर्म हमने पढ़ा तो फिर हमारे को उस जो हमने माल बेचा उसकी टोटल माल जो हमने बेच चुका कॉस्ट ऑफ़ गुड्स सोल्ड में जो हमने माल बेचा उसके कॉस्ट उसमें हमने प्रमोशन एक्सपेंस करे तो कॉस्ट ऑफ़ सेल आ गई माल को बेचने की लागत ऐड होने के बाद क्या आ गई कॉस्ट ऑफ सेल उसमें हम प्रॉफिट ऐड करेंगे हमारी तो क्या आएगी टोटल सेल जो हमने पूरी हमारी पीरियड में सेल करी है सेल टोटल सेल आ गई तो जो हमारी सेल वैल्यू है और हमारे कितनी क्वांटिटी सोल्ड करी है नंबर ऑफ क्वांटिटी सोल्ड तो उससे क्या आ जाएगी हमारी सेलिंग प्राइस पर या फिर जो कॉस्ट ऑफ सेल है आपके प्रोडक्ट पूरी टोटल कॉस्ट है उसमें हम नंबर ऑफ यूनिट्स आए तो कॉस्ट पर यूनिट आ गई उसमें आप प्रॉफिट पर यूनिट ऐड करेंगे तो भी क्या आ जाएगी आपके पास सेलिंग प्राइस पर यूनिट ठीक है यहाँ तक आई होप क्लियर होगा ये नोट कर लीजिए ये हमने कॉस्ट शीट के सारे एलिमेंट्स पढ़े ठीक है स्टेप बाय स्टेप जो वेरियस स्टे स्टेजेज में हम कॉस्ट को डिस्क्राइब करते हैं वो क्या कहलाता है कॉस्ट शीट कॉस्टशीट में जो कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट है मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड, तीनों को जब जोड़ेंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगी उसमें नंबर ऑफ़ यूनिट्स का जब हम डिवाइड करेंगे उसको उससे भाग लगाएँगे तो हमारे पास क्या आएगी कॉस्ट पर यूनिट उसमें प्रॉफ़िट पर यूनिट जोड़ेंगे हम तो हमें क्या मिलेगी सेलिंग प्राइस पर यूनिट तो जो कॉस्ट सिंगल कॉस्टिंग मेथड हमने जो पढ़ आज पढ़ा उसको उसमें कॉस्ट निकालने की दो अप्रोच है एक तो कॉस्ट शीट वाइज और एक प्रोडक्शन वाइज ठीक है सबसे पहले बड़ा कॉस्ट कॉस्ट के एलिमेंट्स पड़े मटीरियल लेबर एंड एक्सपेंसेस उसके बाद हमने इसमें पढ़ा इसकी अप्रोच वो थी कॉस्ट शीट एंड नेक्स्ट दूसरी अप्रोच प्रोडक्शन अकाउंट बना के इसको, इसको स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट भी कहते हैं कॉस्ट शीट में हमने पढ़ा ये वेरियस स्टेजेस पे हमारी कॉस्ट को डिस्क्राइब करता है स्टेप बाई स्टेप इसमें सबसे पहले हमने प्राइम कॉस्ट पढ़ी प्राइम कॉस्ट में क्या आया डायरेक्ट मटीरियल डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्राइम कॉस्ट के बाद जब फैक्ट्री ओवर हेड ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलती है फैक्ट्री कॉस्ट फैक्ट्री ओवर हमने देखे कि ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज है रिलेटेड टू फैक्ट्री फैक्ट्री ओवरहेड के बाद हमें फैक्ट्री कॉस्ट मिली फैक्ट्री कॉस्ट के बाद हमने निकाली एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट और ऑफिस कॉस्ट वो कैसे निकाली फैक्ट्री कॉस्ट प्लस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ऑफिस में जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो रहे हैं प्रोडक्शन को करने के लिए वो जब फैक्ट्री कॉस्ट में एड करेंगे तो क्या आएगी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट या फिर ऑफिस कॉस्ट इसमें इसमें जब हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस ऑफिस कॉस्ट में हम ऐड करेंगे जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है रिलेटेड टू सेल एंड प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन किसमें ऐड करेंगे ऑफिस कॉस्ट में तो हमें क्या मिलेगी कॉस्ट ऑफ सेल जो हमारी कॉस्ट ऑफ सेल है टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट है उसमें हम क्या ऐड करेंगे प्रॉफिट तो हमें क्या मिलेगा जो हम उसमें प्रॉफिट ऐड करेंगे जो भी हमारी टोटल कॉस्ट आई तो हमें क्या मिलेगा सेल पूरी टोटल जो हमने यूनिट्स बेची उसकी सेल वैल्यू उसमें हम नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड का डिवाइड लगाएंगे यूनिट्स नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड तो हमें क्या मिलेगा यूनिट सेलिंग प्राइस पर यूनिट और यहाँ पर जो कॉस्ट है जो हमारी कॉस्ट है उसमें टोटल कॉस्ट और जो यूनिट्स हमने प्रोड्यूस करी है उस है ना जो भी क्वांटिटी है तो उससे क्या आ जाएगी हमारी कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट पर यूनिट में प्रॉफिट पर यूनिट करेंगे तो भी क्या आ जाएगी हमारी सेल प्राइस पर यूनिट तो नेक्स्ट अब हम हमारी नेक्स्ट क्लास में इसको डिटेल में पढ़ेंगे कॉस्ट शीट का परफॉर्मा बनाना ठीक है आज के लिए इतना ही थैंक यू सो मच